स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका एक नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आई है या फिर नहीं कैसे चेक करें पूरा लिस्ट आपको दिखेगा यहाँ पे लाइव आप देखते चलिए यहाँ पे देखिए जब स्कॉलरशिप आनी होती है तो काफ़ी स्टूडेंट्स उत्तेजित रहते हैं कि हम स्कॉलरशिप कैसे चेक करें रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आता है और वो चेक करते रहते हैं काफ़ी जारी सारी साइट से चेक करते हैं वहाँ पे साइट बिजी बताती है या फिर मोबाइल नंबर ना रजिस्टर मतलब काफ़ी तरह की समस्याएँ वहाँ पर आती हैं तो आज की इस वीडियो में हम छोटा सा और एक जेन्यून सा तरीका देखेंगे जिससे आपके पूरे जिले की लिस्ट निकल के आएगी वहाँ से आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आई है या फिर नहीं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है देखिए इससे पहले मैंने पीएफएमएस और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसमें दो तरीके हैं जो मैंने एक तरीका बताया है आपको पिछले वीडियो में और दूसरा तरीका, इस वीडियो में और काफी और छोटा सा तरीका है एनएसपी सर्च करना है एनएसपी कर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ठीक है इसको आपको अपने सर्च बार में जाकर सर्च करना है यहाँ देखिए सर्च, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक और काम कर लेना है ठीक है एनएसपी सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इसको डेस्कटॉप पे भी कर लेना है मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पेग पे इन पे, पे क्लिक करके देखने के लिए ठीक है फ्रेशन यहाँ पे जो है दो हजार इक्कीस यहाँ पे आपको क्या करना है पे तो प, में पे पे क्लिक कर देना है अब जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे जरिए पेज अपना ओपन हो रहा है पेज को ओपन हो जाने दीजिए थोड़ा सा समय लेने दीजिए अब यहाँ पे जैसे ही पेज ओपन होगा आपको करना है नीचे आना है यहाँ पे देखिए काफी सारी चीजें दी गई हैं आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कीम वाइज स्कॉलरशिप लिस्ट यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे आपके पास एक खुल के आएगा, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा एक फॉर्म खुल के आ रहा है सबसे पहले आपको अकेडमिक ईर चूज करना है जो सबसे नीचे वाला होगा इसको आपको चूज कर लेना है उसके बाद से चूज एप्लीकेशन टाइप तो यहाँ पे अगर आप नए हैं स्टूडेंट हैं तो फ्रेश करना है अदरवाइज आप सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में हैं तो आपको रिन्यूअल कर देना है उसके बाद से सिलेक्ट मिनिस्ट्री पे क्लिक करना है सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद से पे स्कीम दिख रही होगी स्कीम में क्या करना है आपको स्कीम देखिए ओपन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट आपको देखिए स्टेट में आपको क्या करना है आपका जो भी स्टेट होगा तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है उसके बाद डिस्ट्रिक का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा जैसे स्टेट फिलप करेंगे डिस्ट्रिक का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको आपको देखिए चूरी स्कीम में अब आप, आप जाएंगे तो देखिए स्कीम खुल गया है। देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स माइनॉरिटी सीएस। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक्स मतलब जो एलेवंथ में है और ट्वेल्थ में है उनके लिए है प्री मेट्रिक्स मतलब जो नाइन्थ टेन और उससे लोअर क्लास के हैं उनके लिए है और मेरिट कम्स मीसॉलॉलॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज शीयर जो अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर बेटे का अदरवाइज तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद से इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नेम और मोबाइल नंबर मतलब दे रहा है उसके बाद से रिकॉर्ड रेंज दे रहा है रिकॉर्ड रेंज में आप क्या करेंगे एक ही ऑप्शन होगा इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद से कैप्चा और यहाँ पर देखिए नेम और मोबाइल नंबर में आपको नेम तो दिखा सकता हूँ लेकिन मोबाइल नंबर में आपको नहीं दिखा सकता ये सारी चीज़ें दोनों चीजें क्या रहेंगी ब्लर रहेंगे गलत होगा तो फिर से मांगेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे एट वन के बाद देखिए बी दिया है बी क्या दिया है कैपिटल में दिया है बी के बाद से फिर आई दिया है अब आई यहाँ पे आई भी आपका कह दिया है कैपिटल में दिया है उसके बाद से जे भी आपका कैपिटल में दिया है उसके बाद से देखिए अगर इस्माल में रहता तो जे के ऊपर बिंदी रहती ठीक है फिर एम भी आपका कह है कैप्टल में दिया है ये फिलअप करने के बाद हम चलिए अपना डायरेक्ट मोबाइल नंबर और नेम फिलअप कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे आपको सिक्योरिटी रीजन से मैं भर के दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट अब देखिए सारी चीज़ें फिलप हो गई हैं आपको अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है अब जैसे सबमिट पर ऑप्शन पर देखिए क्लिक करेंगे आपको बाद दिख रहा प्लीज़ एंटर करेक्ट कैप्चा वैल्यू देखिए कैप्चा आपका रॉन्ग बता रहा है तो कैप्चा एक बार और देख लेंगे ए एस क्यू यहाँ पे चलिए कैप्चा भर लेते हैं एक बार और सही से देखिए कैप्चा रंग ए कैपिटल है एस स्मॉल है ठीक है एक्स क्या है स्मॉल में है फिर क्यू और एल क्यू और एल दोनों कैपिटल में है क्यू और एल देखिए कैप्टल में फिर ए यहाँ पे फिर आपको क्या करना है फिर से आपको सबमिट पे क्लिक करना है अब देखिए अगर सही होगा तो खुल जाएगा देखिए सही है शायद सही है ठीक है खुल गया अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओ टी पी हैजिन सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने मोबाइल नंबर भरा है यहाँ पे उस पर एक रजिस्टर ओ गई है चलिए देख लेते हैं ओ टी यहाँ पर देखिए ओ आ गई है ठीक है नाव यहाँ पर नाव दिख रहा है ओ टी पी जेड तीनों कैपिटल है थ्री एफ सभी कैपिटल है चलिए बढ़िया आया है जेड वाई आर थ्री एफ जेड वाई आर थ्री एफ यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे जेड वाई आर थ्री एफ ठीक है जेड वाई आर थ्री एफ आपने क्लिक किया उसके बाद से कंफर्म ओ पे कर देना है आपको एक बार और रिपीट करके मिला लेना है आपको सही से कंफर्म ओ पे कर देना है आप देखिए जैसे ही कन्फर्म ओ पे करेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार का चलिए खुल है ओपन हो रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कीम वाइज लिस्ट ऑफ़ एप्लीट्स प्रोसेस एसोसिएशन बाय स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको कैलेंडर ईयर उत्तर प्रदेश कुशीनगर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो दिख रहा होगा ठीक है तो यहाँ आप देखिए एक बहुत बड़ी लिस्ट आई है यहाँ पे सर्च का सर्च बार का ऑप्शन भी है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लिस्ट में देखेंगे कि आपका नाम तो नहीं है यहाँ पे जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट थी यहाँ पर क्या डिस्ट्रिक्ट थी कुशीनगर तो कुशीनगर में जिन भी स्टूडेंट हैं जितने भी स्टूडेंट की आई होगी वहाँ पे सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी देखिए स्कूल नेम है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोर्सेज भी है ठीक है कोर्सेज देखिए बैचलर ऑफ़ मेडिसिन एमबीबीएस में है ठीक है अपलिकेशन आईडी भी है स्टूडेंट नेम है सज्जाद हुसैन ठीक है फ़ादर नेम शबीर अली रिलीजन भी है कैटेगरी भी है जेंडर भी है और कितना आया है ये भी है ठीक है तो यहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी यहाँ से आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन भी रहता है नेक्स्ट पेज काफ़ी सारी पेजेज रहते हैं यहाँ पर ठीक है यहां पे, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देख लेंगे यहाँ से अगर आप चाहें तो आप अपना चेक कर सकते हैं इसके बावजूद दो तरीके हमने और बताए थे पिछली वीडियो में अगर यहाँ से नहीं खुल रहा है अगर अगर आपसे यहाँ आप, आपका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप पी से या फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वहाँ से भी जा करके चेक कर सकते हैं हालांकि अभी साइट थोड़ी बिजी चल रही है सर्वर डाउन चल रहा है लेकिन आप सिंपली वहाँ से भी जा करके चेक कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी एक दो दिन बाद अभी मतलब जैसे ही आपकी स्कॉलरशिप आपको पता होगा कि कब आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है उसके एक दो दिन बाद या फिर एक दो तीन दिन बाद आप चेक कर सकते हैं फिलहाल आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में